वेलकम टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों को एक न्यूज़ बताने जा रहा हूँ जो कि डी की ओर से आई हुई है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो न्यूज़ आई हुई है वह किन कैंडिडेट्स के लिए है जिन कैंडिडेट्स के रिजल्ट में इस तरह का मैसेज आ रहा है रिजल्ट देखने पर वैसे सभी कैंडिडेट्स के लिए ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स से। इसका मतलब है योर ई ऑब्लिक प्रैक्टिकल मार्क्स आर नॉट अपलोडेड। मतलब जिन भी स्टूडेंट्स को रिजल्ट देखते समय इस प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ रही है ऐसे सभी कैंडिडेट्स इस न्यूज़ को ध्यानपूर्वक सुने ये लेटर आया हुआ है क्योंकि 11 मार्च 2022 है को आया हुआ है इस लेटर में क्या चीज़ लिखी गई है सब्जेक्ट फाइनल एक्सटेंशन फॉर अपडेशन अप्रूवल ऑफ मार्क इंजीनियरिंग ड्राइंग पब्लिक प्रैक्टिकल ऑन द एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल फॉर एग्जाम हेल्ड इन सितंबर नवंबर 2021 मतलब जिन भी कैंडिडेट्स ने सितंबर और नवंबर में 2021 में ईडी और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया हुआ था ऐसे कैंडिडेट्स का अगर रिज़ल्ट अभी तक एन सी पोर्टल में अपलोड नहीं हुआ है और उनके रिज़ल्ट देखने पर इस तरह का मैसेज आ रहा है स्क्रीन के नीचे टॉप साइड पर वे सभी कंडी उन सभी कैंडिडेट्स को क्या करना है वह सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी आईटीआई संस्थाओं से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि मेरा रिजल्ट अभी तक शो नहीं कर रहा है जिससे कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके इसमें बताया गया है एनसीबीटी ने सारे स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट नोडल आई को ये आदेश दिया हुआ है कि जल्द से जल्द सभी आई को आप इन्फॉर्म करें कि ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जिनके ई और प्रैक्टिकल के मार्क्स सो तो नहीं कर रहे हैं अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है एस यू आर अवेयर डैट अपलोडिंग ऑफ मार्क्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्रॉइंग एंड प्रैक्टिकल ऑन द एन सी बी टी एम आई एस पोर्टल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर टाइमली डलरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ए आई टी टी अंडर सी टी एस इट इज ऑब्जर्व डैट सन स्टेट पब्लिक एस डिड नाट अप्रूव द मार्क्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्रॉइंग एंड प्रैक्टिकल recently resulted in non declaration of trainees this result 30h taken very seriously by the secretary msde open request by state directorate ncbt mis portal has been open again for the last ncbt mis portal will be open from 12 2022 to 22 2022 for nodal iti and ट 26 तीन 2022 हज़ार बाईस फॉर एस पी आई यू अप्रूवल रिक्वेस्ट फॉर फ्यूचर एक्सटेंसन ऑफ द डेट विल नॉट बी इन योर सिंसअरली मतलब कि ये जो लेटर जारी किया गया है सारे नोडल्स आईटीआई आई को जारी किया गया है और एनसीबीटी ने बोला हुआ है कि जिन भी कैंडिडेट्स के ईडी और प्रैक्टिकल के मार्क्स अभी तक अपलोड नहीं किए गए हैं एन सी पोर्टल में उन्हें जल्द से जल्द अपलोड कर दें जिससे कि उनका रिज़ल्ट डिकलेयर की जा किया जा सके नोडल आईटीआई को आई और प्रैक्टिकल के मार्क अपलोड करने की डेट दी दी गई है 10 मार्च से 22 मार्च 2022 तक उन्हें अपलोड करना है एन पोर्टल पर इसके बाद की जो प्रक्रिया है नोडल आईटीआई से मार्क्स अपलोड होने के बाद में एंड टिल छब्बीस तीन दो फिर छब्बीस मार्च 2022 तक फॉर एसपीआईयू अप्रूवल मतलब 26 तीन 2022 तक स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स के द्वारा एसपीआई पोर्टल के अप्रूव किए जाएंगे फिर वहां से हुए मार्च एनसीबीटी पोर्टल में अपलोड किए जाएंगे जिससे कि कैंडिडेट्स का रिजल्ट जल्द से जल्द अपलोड किया जाए ये जो डेट दी गई है ये फाइनल डेट है इसके बाद में किसी तरह की कोई भी डेट नहीं बढ़ाई जाएगी एनसीबी ने ये चीज क्लियर कर दिया हुआ है अब नोडल आई, आई होता होती क्या है मान लिया कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में दो या दो से अधिक गवर्नमेंट आईटीआई हैं, तो उनमें से कोई भी एक गवर्नमेंट आईटीआई टी आई को नोडल आईटीआई आई बना दिया जाता है जिसके अंतर्गत कुछ प्राइवेट आई, आई होती हैं जो कि सारी देख उनकी निगरानी में होती है अब प्रोसेस क्या है सबसे पहले प्राइवेट आई, आई में जो एग्जाम वगैरह कंडक्ट होते हैं उसमें ईडी प्रैक्टिकल के मार्क्स वे लोग जाके नोडल आई टी आई में सबमिट करते हैं फिर नोडल आईटीआई का कार्य क्या होता है एनसीबीटी एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल में अपलोड करते हैं इस तरीके से ये सारी प्रक्रिया चलती है इसके बाद में ईडी डी प्रैक्टिकल के मार्ग जब अपलोड हो जाते हैं एनसीबीटी साइड में तो एनसीबीटी का कार्य क्या होता है वह सी के मार्क्स अपलोड करता है इसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करता है अब हमें करना क्या है और ये न्यूज सारे नो, नोडल जो भी हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्स के अंतर्गत जो जो प्राइवेट आती हैं उनके अंतर्गत उनको भी एक लेटर जारी कर रहा है जो कि मेरे को झांसी डिस्ट्रिक्ट से एक लेटर प्राप्त हुआ है जो कि नोडल आईटीआई आई, अपनी नोडल आईटीआई आई के अंतर्गत जो भी प्राइवेट आईटीआई आती हैं उन सभी को ये लेटर के माध्यम से अवगत कराया गया है अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा दिसंबर दो में सम्मिलित परीक्षार्थियों के एनसी बी पोर्टल पर प्राविधिक कला अंकों में आने वाली कठिनाइयों के में आपको अवगत कराना है कि अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा दिसंबर 2021 का परिणाम घोषित किया जा चुका है आप सभी से यह अपेक्षा है कि आप प्रत्येक छात्र का रिजल्ट चेक करते हुए यह सुनिश्चित कर लें कि कोई छात्र ऐसा तो नहीं है जिनका इंजीनियरिंग ड्रॉइंग और प्रयोगात्मक के अंकों के स्थान पर मार्स नॉट इंटेड प्रदर्शित हो रहा है यदि एलिजिबिलिटी फुलफिल होने के बाद भी यदि कोई छात्र शेष रह गया है तो ऐसे छात्रों की सूची संपूर्ण विवरण रोल नंबर नाम व्यवसाय ईयर विषय का नाम एनसीबीटी पोर्टल की हॉल टिकट एलिजिबिलिटी से मार्च एच वन एच टू के साथ दिनांक चौदह तीन दो हजार बाईस की शाम पाँच बजे तक संस्थान में प्रशिक्षण लिपिक श्री हेमंत कुमार के पास जमा करना सुनिश्चित करें उक्त के अतिरिक्त यदि रिजल्ट में कोई समस्या है तो उसे लिखित रूप लिखित में प्रमाण के साथ देना सुनिश्चित करें उपरोक्त कार्य में उदासीनता लापरवाही की दशा में यदि कोई छात्रा फल से वंचित रह जाता है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं होगा प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान झांसी यह झांसी का लेटर है इसी तरीके से सारे स्टेट की नोडल आई ये लेटर प्राइवेट आईटीआई को जारी कर रहा है जिससे कि प्राइवेट आईटीआई वाले जिन भी कैंडिडेट्स के रिजल्ट में इस तरह की कठिनाई आ रही है वो जल्द से जल्द जाटा अपने नोडल आईटीआई आई को सममिट करें जिससे कि कैंडिडेट्स का ई और प्रैक्टिकल के मार्क्स जल्द से जल्द अपलोड किए जा सकें और उन ऐसे कैंडिडेट्स का रिजल्ट टाइम से अपडेट करके उनका रिज़ल्ट डिकलेयर किया जा सके अब सभी छात्र अपनी अपनी आई से संपर्क कर लें अगर उनके ईडी और प्रैक्टिकल के मार्क अपलोड नहीं हुए हैं रिजल्ट देखते समय इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है ईडी और प्रैक्टिकल मार्क अपलोडेड वे जल्द से जल्द अपनी आई से कर लें जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें और एक बात और आपको बतानी है कि मेरे चैनल पर आपको आई से रिलेटेड सभी जगह तरह की जानकारी दी जाती हैं ओबीड टाइम्स के टाइम से इसके बाद में सारे एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट भी मेरे चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है जो कि आई के रिलेटेड सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो जल्द से जल्द आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल्स के द्वारा मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जैसे कि जिन कैंडिडेट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं है वे भी जान सकें थैंक्स